हाय इस कैसे हैं आप लोग न्यू फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो मैं इधर आप लोग के लिए का तो मैं लाइट पास दिखाई दिया था तो आपको जुलाई का ही लाइट पाल दिखाने वाला तो इधर तो ट्रेलर तो चल रहा है लाइट पास का तो ये खत्म होता है उसके बाद आपको रिव्यू कराते हैं तो हाथ में तो यूएम दोनों गन रखे है उसके बाद लड़के ने पिस्टल गन छोड़ दिया हमेशा वही मतलब सॉरी यही दो को मारते हैं गोल्ड वाला है तो सोना के ऊपर थोड़ा बेस है तो चलिए रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले आपको जीरो बैच वाइचपी मिलेगा गाड़ी का स्क्रीन फिर अवतार यूएमपी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ थोड़ा मतलब फीमेल का ये बॉटम ऊपर का रहता है फिर बैनर मिलेगा आपको फिर मेल का ऊपर बॉटम फिर ये फीमेल का बंडल मिल जाएगा आपको सीधा तो दिखने में ये भी बहुत ही अच्छा है फीमेल का बंडल उसके बाद टॉप भी अच्छा है पैंट भी अच्छा है और जूता भी अच्छा है फिर इसका बाल हेयर वो भी अच्छा ही है और डायमंड रॉयल सब तो मिलते ही रहता है कूड़ा कचरा टाइप का उसके बाद ये सर्फ बोर्ड है अपना फिर ये पचास मतलब ऐसे कुछ टोकन में मिलेगा उसके बाद ग्रेनेड का स्किन ये भी देख लीजिए आप तो इसका ये फूटने फूटेगा तो उसके बाद लूट बॉक्स ये भी देख लो फिर अवतार है फिर एवोल्यूसन मिलेगा फिर बैक पैक बहुत ही ओ है तो बैकपैक के लिए एक लाइक बनता है तो तो और बैकपैक पैक लेना है तो आपको तो लाइट पास लेना ही पड़ेगा फिर आप देख पा रही है मेल का बंडल मेल का बंडल बहुत ही ओ है मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना और ये वीडियो फास्ट फारवर्ड है क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता तो चैनल पे आपने नहीं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना और आपका दो, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कर देना प्लीज़ बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपका दोस्त भी देखे ये मैं चाहता हूँ तो मिलते हैं किसी और फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कर देना बोलना माँ